हाई फ्रेंड्स माई नेम इज़ दिनेश देवतिया आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है कंप्यूटर होम ने साइन प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं हमें उससे हम उससे और भी आगे उससे बेटर वीडियो बनाने की ट्राई करेंगे इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि अपने नेम को कैसे कलर कर सकते हैं MS एस पेंट में जैसे हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एम पे एस पेंट ओपन हो जाएगा आपका इसे बड़ा कर लीजिए पेज को अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग से ही करते हैं अपना नाम सिलेक्ट करके यहाँ पे हमने अपना नाम सिलेक्ट कर लिया आप इसे ट्वेल्व कर सकते कितनी भी वो कर सकते हो बड़ा छोटा बोल्ड कर सकते हो गहरे में गहरे को हटा दो डार्क डार्क हट जाएगा या पे लग जाएगा इटैलिक इटैलिक भी तो कलरफुल कैसे करेंगे हमें इसे एक कलर से नहीं करना हमें इसमें छह सात तरह के कलर करनी है तो किस तरीके से अपने नाम को कलर करें हम छ सात तरीके से यहाँ पे हम इरेजर को सिलेक्ट करते हैं इरेजर को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस कंट्रेल प्लस को दबाओगे तो आपकी रही बड़ी हो जाएगी जितना आप चाहो उतनी बड़ी अब इसे बैक कर लो हमें इतनी बड़ी नहीं चाहिए हमें छः सात कलर बने तो उसके लिए हमारे लिए इतनी बहुत है यहाँ से आपको पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेकंड फर्स्ट कलर तो ब्लैक ही होना चाहिए क्योंकि ब्लैक से हमने ये लिखा है अगर ये हटा दिया तो हमारा ये कलर नहीं होगा इसलिए हमें सेकेंड कलर चूज करना व्हाइट वाला वाइट वाले कलर की जगह आप कोई सब कलर ले सकते हो मैंने ले लिया ग्रीन ग्रीन कलर लेके तो हमें से यहाँ पे हमारी दो कीज होती है माउस में एक लेफ्ट एक राइट हमें ऐसे राइट वाइट राइट साइड वाली की होती है जो राइट उंगली पे आती है उसे दबा के उसे हटाना नहीं है उस की मतलब उस बटन को राइट वाले को प्रेस करके माउस को जब रोटेट करें माउस को रोटेट करोगे तो आपका नेम पे कलर होने लगेगा ओनली उतने पर ही कलर होगा जितने पर आप करना चाहते हो सेकेंड कलर चूज करें कोई सा भी हमने ये चूज कर लिया येरा ये अब हमें थर्ड कलर ले लो थर्ड कलर ले लेते हैं हम रेड रेड ले लिया ये हमारा ये हो गया हमें ले लिया ऑरेंज और ये हो गया ले लिया ब्लू से ये हो गया ये तो है हमारे पास इसकी जगह ये ले ले, ये हो गया ये इस पे ले ले ये वाला ये हमारा इस तरीके से हम अपने नेम को कलर कर सकते हैं आपको इसमें अगर कलर ऐड करनी हो तो यहाँ जाइए यहाँ पे जाने के बाद इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पेक्ट कलर ऐड कस्टम ये हो गया यहाँ पे एक कलर ऐड हो गया एक ये ले लिया हमने ये कलर इसमें नहीं है तो ये की हो गया एक ये ब्लू तो हम इसे थोड़ा सा और डार्क कर सकते हैं यहाँ से डार्क करके हमें ऐड कस्टम कलर कर सकते हैं ओके करके ओके कर लिया हमने यहाँ पे तो ये हमारे लिए हो गया ब्लू वाला कलर एड हो गया मतलब जैसे कि आपको कलर ऐड करने हो इस पर भी कर दो ओके ये आ गया हमारे यहाँ पे कलर इस तरीके से हम अपनी कलर भी चूज चूज़ कर सकते हैं इस तरीके से नेम और आपको कोई भी पिक्चर लगानी हो तो यहाँ से पेस्ट फ्रॉम पे जाके अपना कोई भी पिक्चर ले सकते हो यहाँ से हमने ये ले लिया ये ले लिया यहाँ पे हमारा ये आ गया मतलब इस तरीके से हम अपने पेज को बढ़ा सकते हैं कुछ भी यहाँ पर ले लिया इससे हमें कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करके वहाँ पे लिख सकते हैं या फिर अपना नाम लिख सकते हैं किसी भी तरीके से अगर आपको हमारा YouTube पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें थैंक यू